इसी प्रकार हम अगर हमारे गुरु से प्रेम करें, हमारी श्रेष्ठता हो तो हमारे में समर्पण की स्थिति हो तो हम इसको प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं आज अगर कहूं तो आप यहां बैठे हुए आधे लोग करेंगे गुरु जी हम गुरु से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जिस को हम कभी ये नहीं गुरु से प्रेम करने के तो दावे के साथ है, ये कभी है नहीं हैं। हम, दुखी नहीं। हम तो हमारा जरूर हम बोलेंगे मेरे बेटी की शादी नहीं हुई दर्द दर दे रहा है मेरे वो दे रहा है ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग कृष्ण ने अर्जुन को कहा कृष्ण को अर्जुन और दोनों जब बैठे थे तो इस प्रेम के बारे में एक बार अर्जुन को कृष्ण समझाना चाह रहे थे तो एक बार धर्मराज का घोड़ा अश्वमेध लेने चल रहा था और उसके घोड़े को छोड़ दिया गया था तो मयूरध्वज और ताम्रध्वज नाम के दो भाई थे ताम्रध्वज तो नास्तिक था और मयूरध्वज कृष्ण भक्त था तो वो दोनों भी क्योंकि उनको जब पता चला कि हमने आज तक श्री कृष्ण को देखा नहीं है तो हम धर्मराज के जो तो घोड़े को जो अश्वमेध याद आया उस घोड़े को हम पकड़ के रहते हैं तो जरूर कृष्ण का दर्शन होगा और कृष्ण का दर्शन हो हम कृतार्थ हो जाएंगे बात समझकर उन्होंने कृष्ण का घोड़ा कृष्ण का इसलिए उसको उसको देखना चली तो और अर्जुन आए अर्जुन सेना के साथ आए लोग सेना के साथ गए लेकिन जो कृष्ण के साथ जगने के कारण इतना जोर से युद्ध हो रहा था कि कोई कौन जीतेगा इसका इस बात का पता नहीं चला आप ऐसा करेंगे हम जरा जाकर विश्वास लेके बाहर गिराएंगे लेकिन अर्जुन को कहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है मैं तो युद्ध करने के लिए तैयार हूँ और कृष्ण को लगा की ये भारत समझता है क्योंकि मयूरध्वज कृष्ण को प्रेम करता था और मयूरध्वज कृष्ण को प्रेम के आनंद में कर रहा था कृष्ण और अर्जुन तो दोनों भी मूर्खित हो गए दोनों भी मूर्खा से गिर गए दोनों और बाद में देखते मान दिया गया थोड़ी देर के बाद अर्जुन उठा देखता क्या हम मूर्खित हो गए गिर गए मयूर ध्वज सामने खड़ा था तो कृष्ण ने कहा तो जान बचे लाखों पाए भाग्य जलेंगे माया तो थी कृष्ण तो, तो कहना चाहते कि हम चले जाएंगे अर्जुन तो को तो एकदम अवमानित होना पड़ा कि अपमान हुआ कि हम आप इतने बड़े महान देवता रहकर रह भी उसके सामने मोर्चित होना गया देख मैं तुझे बताता हूँ अभी थोड़ी देर के हम यहाँ से छूट बाहर जाएंगे दोनों बाहर आए बाहर आके ब्राह्मण का धारण किया कृष्ण ने और अर्जुन ने और उस मयूर के पास ब्राह्मण तो बात कर रहा था और वो मेरे बेटे को खाने गया तो मैंने कहा मेरे बेटे को मत खा मैं अपना अपने प्राण पीछे देने के लिए तैयार हूँ ऐसा मैंने कहा लेकिन वो कहता था, था मैं तेरे बेटे को ही खाऊंगा आखिर ये बात हुआ की बहुत प्रार्थना करके पर उसने कहा कि एक बात मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ सकता हूं क्या कि मयूरभ जो राजा है उसकी पत्नी और उसका बेटा उसको आगे से चिर दें आगे से चिर दें तो उसका बाया जो दाया जो भाग है वो मुझे अर्पण कर दे में तेरे बेटे को छोड़ दूंगा तो हे राजा हम तुम्हारी पास है मेरे बेटे को मेरे बेटे की जान बचानी है तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा तुम्हें आगे से चीर दें और तुम्हारा भाग हमें दे दें महिलाध्वज देखा ये साक्षात कृष्ण हैं और कोई नहीं ये कुछ माया डाल रहे हैं महिलाध्वज ने कहा कि प्रभु आप कहें आप ब्राह्मण देवता मुझे मांगते हैं और मैं राजा हूँ जान देना मेरा कर्तव्य है मैं तैयार पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा मैं तुम्हारी अर्धा मिली हूँ आप मुझे काट कर मुझे ले लो लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें लेना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने इनका ही आधा आधा भाग मांगा है बेटे ने कहा मैं अपना अपनी जान देने के लिए तैयार बेटे ने बेटे को भी लेने के लिए तैयार है तब उनको दो खम्भों में ज को बिठा दिया गया एक तरफ तरफ पत्नी और अंध से दक्षिण के भारत दक्षन से आंखों से पानी टपक रहा था तो ब्राह्मण ने चीरते हुए कहा जो आदमी रोते हुए जो दान करता है उसका दान नहीं लूंगा मैं चले जा रहा हूं आदि चीरने के बाद तब देखकर पत्नी और बेटा दोनों की आंखों में आंसू आंसू आए लेकिन उन्होंने को रोके और कहा मयूर भेज हंस के कहता है कि प्रभु ये आंखों के आंसू नहीं हैं आपने गलती से ये बात कही कि तुमने मेरे आधे भाग का वाम भाग ही लेना चाहा तो मेरे दक्षिण भाग ने कहा कि मुझे भी लेते तो अच्छा था इसलिए वो आंखों से पानी आए तो तो दक्षिण भाग, दाए भाग को मांगे हो, अगर भाग तो मेरा कितना भाग्य था तो भाग का उसके अंक है जब ये अर्जुन ने देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या राजा है तब देखा कृष्ण ने अपना बताकर कहा कि अर्जुन हम क्यों मोचित हो गए मुझे क्यों मोक्षित होना पड़ा कि कृष्ण ये मयुर्द मेरा, मेरा प्रेमी है मेरा साधक है इसलिए मैं उसके सामने और साधक और मेरे भक्तों के सामने मैं राधन प्रेम उस प्रेम को हम आज तक जानने वाले नहीं उस प्रेम को आज कोई बीमारी नहीं तो हमला आप अगर देखते हैं सूरत नाम का एक राजा है यह भी राजा बहुत था बहुत श्रेष्ठ था तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो सूरत के पक्ष में था पूर्ण युद्ध में देखा सूरज के साथ युद्ध करना बहुत खराबी क्योंकि उसके उप माता देवी भगवती की कृपा है तो कृष्ण क्या क्या अपने रथ को उठा के और एक तरफ चला गया राजा तरफ चलेगा तो कृष्ण ने कहा जो कहा ऐसा जाते उसके सामने खड़े रहेंगे तो तो, तो तो जो तो मेरी मेरी विजय का पता चलना चाहिए सूरज फिर जाकर वो जहाँ चले गए वहां जाकर फिर खड़ा हो गया फिर खड़ा हो जाने के बाद दोनों तरफ से चलने लगे और दिखता क्या है कि एक बाढ़ पर जब उन्होंने बाण बाण बाण बाण की की प्रक्रिया तो हाँ से से कृष्ण ने को पकड़ लिया पकड़ कर कुछ मंत्र पढ़ा और शुरत का, शुरत का गला कट गया और जोश इतना गला जोश से कटा कि उस बाढ़ उसका सर जाकर अर्जुन के सर को लगा और आके कृष्ण के हाथों में पड़ गया सूरज का उस उस सर बात करने लगा कि तो तो मारने का भी ये तरीका अच्छा है जिस मांट से आप छोड़े थे उस मांट पे तो आप भी मांट है। मेरा भगवान को, सर, सर को अपने हाथ में लेकर प्रश्न करते हैं कि है गरुड़ तुम कहा हो जल्दी से आ जाओ और इसको लेकर मेरे प्रयाग में इस सर को इस शरीर को डाल देना इस सर को डाल देना और तुम इसको आज मोक्ष देना है इसने मेरे से इतना प्रेम किया कि केवल मेरे हाथ से मरना चाहता था और मैंने इसे मार दिया अर्जुन इस चीज को देखा इस, इस व्रत को देखा इस स्थिति को देखा और देखता है जैसा ही ग्रुद ले जाकर उस मस्तक को प्रयाग में डाला दूसरे के क्षण और से लेकर माता भगवती की कृपा से उस का मुंड वहाँ से निकल कर, माता काली के मुंडमाला के माला में गया इस सूरत की मुंडमाना उस माला में भी हो हम कितने के के बारे हैं। राजा के बारे में नाम राजा जागर नहीं होता जब तक हम कृष्ण को पहचानने की शक्ति नहीं रखते जब तक हम उनके ऊपर अविश्वास करते हैं उनको निंदाएं सुनते हैं उनके ऊपर अनुमान करते रहते हैं तो तब तक हम इस संसार में उस समर्थकार्थ को या उस समर्पण समर्पण को को हम प्राप्त नहीं कर सकते और जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हम किस प्रकार की कार्य प्रणाली को अपनाना चाहिए यह भगवान समझा दे कृष्ण ने गीता में रुचना सब कहते हुए अपने अपने पूर्ण भगवत प्राप्ति के साथ बताया और कहा कि मैं ईश्वर को बता रहा हूँ अर्जुन मुझे देख मैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ युद्ध हो रहा था और अर्जुन शस्त्र छोड़कर बैठा हुआ था और कहा कि ये मेरे दात है मेरा पिता है भाई बहन है मैं, मैं इनको नहीं मार सकता फिर मैं यहाँ से ये छोड़ कर आ जाता हूँ उससे ये नहीं हो सकता मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता की इनको मारकर मुझे विजय भी प्राप्त तो ऐसी विजय मुझे क्या क्यों चाहिए अब कहते हैं कि है ये क्या जब तक युद्ध में है हम युद्ध नहीं जीत सकते इसलिए अगर अर्जुन का पद स्थापन करते हैं या मुख स्थापन करते हैं तो हम जीत जाएंगे और उसने उसी रात अपने गुरु के पास जाकर बदलावी का प्रयोग अर्जुन पर किया था के में क्याल, क्याल है? और जिवां की क्या तो क्या एक जगह बह जाए उसके अस्त्रों को छोड़ दे उसने बदलावी का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर दिया था और अर्जुन अपने अस्त्र छोड़कर कृष्ण किया अगर उस समय कृष्ण नहीं होते तो गौरव जीत जाते थे लेकिन कृष्ण ने जब ये बात समझी कृष्ण ये क्या हो रहा है को इतने रात में कल के साथ आया, था। तो है। अभी था, क्या तो नहीं करना चाहता तो कृष्ण भगवान उन्होंने देखा इसके ऊपर बदलाव का प्रयोग हुआ है तब कृष्ण ने एक मिनट में स्वयं में भी बदलाव का प्रयोग किया अब आप कहते हैं के क्यों किया। तो क्या आप बता सकते हैं तो क्या वो तो हाँ हूँ तो जता ही रहेंगे ना वो कैसे स्तंभित हो गए थे तो कृष्ण ने उस समय बगलांती का प्रयोग किया रथ घोड़े सारी सभी लोगों को स्तंभित कर दिया और गीता का उपदेश किया तब उस बगलांखी के प्रयोग का निश्चय करने के बाद अर्जुन जागृत है और उन्होंने कहा कि ख्रिष्ना, ख्रिष्ना में गुरु और से जो जग, तो कार्य हो, हो रहा है इसको शस्त्रार्थ जागृति कहते हैं अपने गुरु को पहचानना अपने गुरु को पहचान कर उनकी आज्ञा का पालन करना उसके लिए शस्त्रार्थी जागृति जरूरी है और कहीं आपने पूर्ण कृष्णया मंत्र कुछ भी देखा हो क्या की भावना या मरने के बारे में डर नहीं रहने की नहीं है डर रहने की भावना केवल शिव से प्राप्त होती है और उस शिव से प्राप्त होती है या किशोर के हमारे में चैतन्यमान और जागृत हो